आजकल के बच्चों को थोड़ा डांट भी देना तो चुप कराने के लिए चॉकलेट या मोबाइल देना पड़ता है और हमारे टाइम पर कटाई करने के बाद चुप कराने के लिए एक बार फिर से कूट देते दे थे दे। रोमच जइयो नहीं तो टांगा तोड़ दूंगो मेरे इस मरत कल मेरे दारू पीक है हम मिडिल क्लास लोग हैं हमारे यहाँ घर में नौकर नहीं रखे जाते छोटे भाई बहन से काम करवाया जाता है और सैलरी में ताने मिलते हैं सुबह शाम में। हाँ? तो, मुझे लाइक करते हो नहीं तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आपका हॉटस्पॉट ऑन है तीवरे? आज मैंने उसका फोन लेके देखा कि मेरा नंबर किस नाम से सेव है चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो भाभी जी आपको इन आँखों से नजरों से पतंग दिखाई नहीं देगी आ तो किन नजरों से दिखाई देगी भाभी जी दिल की नजरों से आ दिल की नजर कहाँ होती है दिल की नजर दिल के पास होती है भाभी जी यार तुम ना एटीट्यूड बहुत ज्यादा है अच्छा एटीट्यूड की बताना एटीट्यूड नहीं ईगो ई जी ओगो ईगो ईगो क्रश के सामने हंसना <laughs> <So funny. laughs> दोस्तों के सामने हंसना सुंदर लड़के कहते हैं ना कि हमको तो भाई पतली सी लड़की चाहिए शादी के लिए ये ही सुंदर सुंदर लड़के एक दिन मोटे मोटे अंकल बन जाएंगे <laughs> कोई सेंट है। पे एक उसके नीचे दस करोड़ रूपए निकालने हम क्यों हम उसके बाप के करें का? उसका काम करेंगे एक नर्स ने इतनी अच्छी वैक्सीन लगाई है की बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है आज मुझे दूसरी औरतों की तो सुई भी नहीं और मेरी बातें तो सुई की तरह चुपती है तुम्हें यह नागिन की तरह जहर फेंकने ऐसी अच्छा है तुम मेरे अंदर तलवार घुसा दो एक ही बार में खत्म टाटा बाय बाय <laughs> जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है ये तो बस ऐसे ही है। <laughs> शादी के बाद अपन आज मिले बहुत टाइम हो गया क्या भाई आजकल तेरे कॉल ही नहीं आते करता ही नहीं हूँ <laughs> सुनो आप एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए कौन से लॉजिस्ट का एक बार किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाइए आपके पास दिमाग नहीं है क्या किसी की शादी पर जाओ तो लोग कहते हैं कि प्लीज खाना खाकर ही जाना अब उन्हें कौन समझाए कि हम यहाँ करने भी क्या आए हैं खाना खाने ही तो आए <laughs> बेबी ये मेरा दोस्त है मैं इसको लंच पे लेके आया हूँ लेकर आए हो। तुमने पूछा मुझसे मेरी हालत देखो घर की हालत देखो खाना कौन बनाएगा? नौकरानी समझ के रखा हुआ है। अब भी क्या लेके निकलो इसे से। पागल शादी करने जा रहा था मैंने सोचा इसको एक बार डेमो ही दिखा क्या? कोई और बात तो नहीं है नहीं। सास ससुर देवर ननद पति मारपीट या प्रताड़ित तो नहीं।, नहीं।, नहीं करते नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं मेरा मोबाइल सबेरे ऐसी पाँच दस हजार का मोबाइल लिया पूरा सोवे सोवे चोरी हो गए में सोच सोच के नहीं मिला तुमने जहर खा लिया कुछ नहीं भाई तुम, तुम भी गजब करी हो हा? इतनी बात कोई जहर खाता है सुनो जी कहाँ हो इस टाइम बैंक में हूँ अच्छा तो मेरे लिए दस हजार रूपए निकाल लेना मुझे शॉपिंग करनी है अरे पागल ब्लड बैंक में हूँ खून पिए तो बता प्लीज <laughs> कवर या मास्क पहनते सब मेरा बैलेंस कैसे कट गया साले सर आप जरा नर्मता से बात कीजिए हाँ करो